नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है दिनांक 14 नवम्बर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में यदि आपके कुंडली में भी जुपीटर ग्रह अर्थात गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह खराब है मारक है या अशुभ फल दे रहे हैं तो इस अपने राशिफल के एक, एक एपिसोड में जो है हम आप लोगों को बताएंगे कि अपने जीवन में गुरु ग्रह को शुभ कैसे बनाएं तो अंत तक बने रहिएगा साथ ही साथ दो भाग्यशाली विजेताओं के नाम की भी घोषणा करेंगे जो कि हमारा प्रतिदिन दैनिक राशिफल आप लोग देखते हैं तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि आप लोगों को भी जो है कुछ हम अपने तरफ से गिफ्ट दे तो दो जो भाग्यशाली विजेता रहेंगे इनके नाम की भी घोषणा रहेगी आप भी भाग्यशाली विजेता हो सकते हैं आपकी भी कुंडली में देख सकता हूं आपको करना क्या होगा सबसे पहले तो इस को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए उसके बाद कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बर्थ प्लेस और आपका प्रश्न ये चार चीजें आपको लिख करके छोड़ देनी है बाकी आप भूल जाइए नेक्स्ट डे के जो राशिफल में जैसे अब 14 तारीख का राशिफल है तो जिन्होंने 13 तारीख को कमेंट किया था उनको हम चौदह तारीख के राशिफल में जवाब देंगे जो चौदह तारीख को कमेंट करेंगे उनको पंद्रह तारीख के राशिफल में जवाब देंगे तो नेक्स्ट डे के राशिफल में आप ये देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं दर्शकों पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता ये है ये पांच अंग है तिथि वार नक्षत्रीस मास कृष्ण पक्ष की द्वितिया तिथि द्वितीय तिथि के बारे में दर्शकों हमने बताया था कि बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए और कटेरी कटहल के फल का भी सेवन नहीं करना चाहिए कटहल की सब्जी नहीं खानी चाहिए चौदह नवंबर दिन रहेगा बृहस्पतिवार दिन रहेगा और सूर्योदय की बात करें और सूर्यास्त की बात करें तो सनराइज होगा प्रातः छह बजकर उनतीस मिनट पर और सूर्यास्त सनसेट होगा शाम को पांच बजकर बारह मिनट पर नक्षत्र रहेगा चंद्रमा का रोहड़ी नक्षत्र उसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र रहेगा अः करण रहेगा दर्शकों ये रहेगा तैतिल इसके उपरांत गढ़ और अंतिम करण जो रहेगा यह रहेगा वरिज करण योग रहेगा परिख इसके उपरांत शिव योग रहेगा अच्छा हाँ गुरुवार दिन रहेगा तो दिशा की बात ना करें तो बड़ी ना होगी दिशाशुल दक्षिण दिशा की ओर है दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से आप लोगों को बचना होगा यदि करनी पड़ जाए तो तो तो आपको आपको क्या करना चाहिए? तो आपको प्रयास ये करना चाहिए प्रयास है कि सबसे पहले पहले तो दही का सेवन केसर का सेवन सेवन करिए करिए केसर और और जल पी करके निकलिए उत्तर दिशा की ओर आपको चार पक चलना रहेगा तद उपरांत दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करनी पड़ेगी चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे वृषभ राशि में चलायमान रहेंगे सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि में चलायमान है आ... शुभ का समय की बात कर लेते हैं समय जो है दिन है तो शुभ समय की आज हम पहले बात करते हैं देखिए आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह ग्यारह बजकर उनतीस मिनट से दोपहर बारह बजकर बारह मिनट तक के शुभ कार्यों को कर सकते हैं दोपहर एक बजकर अस्तीस मिनट से दो बजकर इक्कीस मिनट तक का विजय मुहूर्त रहेगा उसमें भी आप लोग शुभ कार्यो को कर सकते हैं यदि इन दो समय से भी बच जाए तो रात में साढ़े बजे से लेकर के नौ मिनट तक का जो समय रहेगा ये अमृतकाल का रहेगा इसमें भी आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं राहु काल की ओर चलते हैं राहु काल रहेगा दोपहर एक बजकर ग्यारह मिनट से लेकर के दो बजकर इकतीस मिनट तक तो राहु काल में आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है अवॉइड करना है मेष राशि की ओर चलते हैं और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति खराब है तो इनको शुभ कैसे बनाए इनसे आप लोग लाभ कैसे लें तो मेष राशि के जातकों गुरुवार का जो दिन रहेगा आज रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है आज आपका दिन काफी अच्छा बीतेगा आज, आज आप नए काम करने की यदि सोच रहे हैं तो उसमें आप सफल होंगे आज धन लाभ के पर्याप्त अवसर मिलेंगे खास करके शेयर मार्केट से और एफडी वगैरह से भी आज, आज आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे आज आपका मन पूजा पाठ और आध्यात्मिकता की ओर रुझान ज्यादा रहेगा आज आपका जो है कोई नया संगी साथी दोस्त बन सकता है किसी कठिन परिस्थिति में आज आपको कुछ लोगों से मदद मिल सकती है आज आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि के योग बढ़ोतरी के योग दिखाई पड़ रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में यात्रा पर जाने का प्लान आज बना सकते हैं आज आपकी यात्राएं सुखद होंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज नारायण कवच का पाठ आप लोग करिए पीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा घर से केसर का सेवन करके निकलिएगा और तीन अंक सर्वथा शुभ अंक रहेगा वृषभ राशि पर आगे बढ़े उससे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहे थे देखिए दर्शकों यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में नहीं है और नीच के हैं तो देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं दर्शकों ये कर्क राशि में पांच अंश पर उच्च के होते हैं और मकर राशि में पांच अंश पर ही नीच के होते हैं यदि आपकी भी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है या देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के हैं या मकर राशि में ही नीच के होकर के राहु के साथ इनकी युति बनी है तो समझ जाइए कि फिर कोई बचा नहीं सकता भयंकर आपके जीवन में अस्त आ जाएगी उपाय क्या करना रहेगा देखिए सबसे पहला उपाय जो देवगुरु बृहस्पति का है सबसे पहले तो आप अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए आपके घर में आपके दादा दादी होंगे आपके घर में हो सकता है कि आपके टीचर वगैरह भी रहते हों तो बड़े बुजुर्गों की माता पिता की इन सबकी जो है दंडवत प्रणाम करना आप लोग सीखिए गुरु के शरण में जाइए यदि आपके टीचर आपके आसपास रहते हैं कॉलेज स्टूडेंट हैं आप जाते हैं तो झुक करके टीचर के पैरों को चरण स्पर्श करके नेत्रों से लगाइए ये जो संस्कार है ना इसको अपने अंदर अपनाइए घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना इज्जत कैसे करना पहली बात तो उनसे किसी भी प्रकार से ऊंची आवाज में बात नहीं करना दूसरा प्रतिदिन उठकर के उनके आशीर्वाद लेना उनके चेहरे पर जितनी स्माइल आएगी जीवन में आपके देवगुरु बृहस्पति अच्छा करेंगे दूसरा यदि आप अपने जो है बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं रहते हैं काम धाम के सिलसिले में बाहर रहते हैं आपका व्यवसाय है, बाहर है नौकरी अगर आप बाहर करते हैं पैसा अच्छा आता है तो कोशिश कीजिए कि, कि किसी गरीब बच्चे को एडॉप्ट करिए बच्चा गरीब होना चाहिए उसको एडॉप्ट करिए अगर ब्राह्मण का बच्चा है मान लीजिए कोई गरीब ब्राह्मण आपको दिख जाए और वो अपने बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ है तो कोशिश कीजिए उस बच्चे को आप अडोप्ट करिए उसके कॉलेज की फीस हो गई उसके स्कूल की फीस हो गई या उसके ट्यूशन की फीस हो गई वो आपको देना रहेगा देखिए जिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको यदि आप दान करेंगे तो कोई असर नहीं होने वाला है कारण हम आपको बता दें सपोज करिए हम भी ब्राह्मण हैं आप आए हमसे मिलने और डायरी पेन लेकर करके आए पंडित जी लीजिए डायरी और ये लीजिए पेन तमाम लोग आते रहते हैं डायरी पेन हमको देते हैं और वो डायरी पेन किसी अलग जगह रख दिए हम लेकर के उसका हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो आपका जूपिटर कैसे स्ट्रॉन्ग होगा आप खुद सोचिए तो करना क्या रहेगा जूपिटर के लिए किसी गरीब बच्चे को आप कॉपी पेन स्टेशनरी से रिलेटेड सामान आप दे सकते हैं जब वो बच्चा ए बी सी डी ंगा गा, वन टू थ्री फोर लिखेगा या जो भी उसके जो है मतलब कोर्स से से रिलेटेड चीजें उन पर यूज करेगा कॉपी किताब पर उस पुस्तक को पढ़ेगा तो यकीन मानिए आपका देव गुरु बृहस्पति बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे रिलेटेड बहुत से उपाय हैं आप लोग चाहे तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं एक और उपाय हम आपको बता रहे हैं प्रतिदिन यदि हो सके यदि आपके गुरु नीच के हैं या मारक अवस्था में है तो विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना होगा जी हाँ विष्णु सहेस्त नाम का पाठ करिए भगवान विष्णु की फोटो के सामने एक देसी घी का दीपक जलाइए और विष्णु सहस नाम का पाठ करिए देव गुरु बृहस्पति यदि आपका वजन अचानक से बढ़ रहा हो गुरु की महादशा हो गुरु की अंतरदशा हो या किसी और अन्य ग्रहों की महादशा चल रही उसमें गुरु की अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म दशा आपका वजन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बढ़ेगा यदि अशुभ अवस्था में गुरु है तो वजन बढ़ेगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कपाल भारती करिए थोड़ी सी आप सुबह उठ करके जॉगिंग कर सकते हैं और अपने जुबान पर जुबान पर अपने पेट पर आपको कंट्रोल रखना होगा तली भुनी चीजों से दूरी बना लीजिएगा जंक फूड को अवॉइड करिए और उपाय क्या है जुपिटर के देखिए बहुत उपाय हैं उपाय बताने लगेंगे ना तो ये वीडियो तीन चार घंटे की हो जाएगी एक उपाय हम आपको और बताते हैं इस प्रयोग को आप करिएगा और ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है देखिए प्रतिदिन सुबह उठ करके जितनी जल्दी यदि आप नहा सकते हैं ठीक है और नहाने के पानी में एक चुटकी आप हल्दी डाल करके तब स्नान करिए और सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा सबसे पहले आपको पूजा पाठ करनी रहेगी किस चीज की पूजा करनी रहेगी मिला हुआ है तो गुरु मंत्र की एक माला आप प्रतिदिन जपिए आपका जुबिटर स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा यदि आपके गुरु उच्च अवस्था में है अर्थात कर्क राशि में है लेकिन कमजोर डिग्री के हैं या पीड़ित अवस्था में है तो जन्मपत्री दिखा करके आप येलो सफायर जी पीला पुखराज आता है इसको आप धारण कर सकते हैं तो इससे भी देव गुरु बृहस्पति का फल आपको अच्छा मिलेगा केसर का सेवन प्रतिदिन मस्तक नाभी पर आपको जो है लगाना रहेगा मस्तक पर लगाइए थोड़ा सा केसर का सेवन आप कर लीजिए फिर नाभी पर लगाइए गुरु कवच का पाठ करना बहुत ही ज्यादा हितकारी रहेगा जिनका भी देव गुरु बृहस्पति खराब अवस्था में है तो खैर ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था देवगुरु बृहस्पति का बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की ओर हमारी जो अगली राशि है ये है वृषभ राशि लेकिन दर्शकों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लाइक तो कर दीजिए वृषभ राशि के जातकों आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे आपकी योजनाएं आज उच्चाधिकारी आपके प्रोजेक्ट पास कर देंगे घर पर किसी रिश्तेदार के आने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा आज मनोरंजन के लिए कई बाहर की प्लानिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी तरक्की के नए रास्ते वृषभ राशि के जातकों को खुलेंगे परिवार के साथ बेहतर समय बीतेगा सोचे हुए काम आज वृषभ राशि के जातकों को ये जो है पूर्ण होंगे आज आप बहुत ही ज्यादा प्रसन्न नजर आएंगे खास करके जो तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट है उनके लिए आज का दिन बड़ा फेवरेबल रहने वाला है हाँ, उपाय के तौर पर क्या करना रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना है कि चने की दाल का दान आप लोग स्थान पर करिए आपका दिन शुभ होगा शुभ शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला अंक आपके लिए रहेगा दो तो मिथुन राशि के जातकों गुरुवार का दिन आज आपका सामान्य रहेगा आज आपको नए लोगों से थोड़ा संभाल रहना चाहिए किसी भी काम में बड़ों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगी आज बच्चे पढ़ाई के प्रति कुछ जो है कम रुचि लेंगे बिजनेस में विरोधियों से आज आपको बचकर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज ऑफिस में सीनियर आपके काम से खुश होकर के आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं कोई इनाम दे सकते हैं खुद को फिट रखने के लिए आज कोशिश कीजिए कि, कि कपाल भारती प्राणायाम का आप लोग सहारा लीजिए दूसरा आज छोटे बच्चों को कोशिश कीजिए स्टेशनरी से रिलेटेड पेन हो गया पेंसिल हो गया चौक हो गया स्लेट हो गया इनका आप डोनेट करिए इनका आप दान करिए बहुत अच्छा रहेगा चूंकि आपका देखिए जुपिटर का ट्रांजिट हो गया है और हंस महापुरुष नामक योग बन गया है तो आप लोग ये चीज यदि करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा इसमें तो तनिक संशय भी नहीं है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार कर्क राशि के जात को लेकिन दर्शकों जो हमारे भाग्यशाली विजेता हैं आप लोग बस इंतजार खत्म होने वाला है कर्क राशि के बाद ही पहले भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा करेंगे कर्क राशि के जातकों आज यदि आपका पैसा कहीं अटका है तो गुरुवार का दिन आपके लिए ठीक रहेगा आपका पैसा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज बढ़ता हुआ खर्च आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है जीवन साथी के साथ आज कहीं घूमने बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं किसी काम में आज अनुमान से ज्यादा ही आपको मेहनत और समय लग सकता है आप रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं कोई भी फैसला आज आपको घर परिवार के लोगों से सहयोग को जो है शाम तक की धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा आज गणेश जी को हल्दी की एक गाठ आप चलाइए जो है अर्पित करिए चढ़ा दीजिए और गणपतिर्ष का आपको पाठ करना है तो हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है सिंह राशि लेकिन सिंह राशि पर आगे बने उससे पहले जो हमारे भाग्यशाली विजेता हैं दो उनमें से जो पहला नाम आता है ये आता है शालू शर्मा जी का और शालू शर्मा जी ने जो अपनी डेट बर्थ प्रोवाइड की है कमेंट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं 22 दस 1997 है समय है सुबह का पाँच बजे का और बर्थ प्लेस है खुर्जा इनका जो प्रश्न है कि जॉब जो है हमको कब मिलेगी और आगे की लाइफ हमारी कैसी रहेगी तो देखिए शालू जी यदि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो तो फटा फटाफट पहले इसको लाइक कीजिए तो आपकी जो कुंडली बन रही है ये कन्या लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि बनती है यह मिथुन राशि है कन्या लग्ने भवेद जातो नाना शास्त्र विशारदा सौभाग्य गुण संपन्ना सुंदरा सुरथाप्रिया काफी सुंदर होते हैं कन्या राशि के जाता काफी सुशील होते हैं जिनके करीब रहते हैं जहां पर काम करते हैं तो बॉस के उच्च अधिकारियों के बड़े प्रिय रहते हैं और नाना शास्त्र विशारदा कई शास्त्र के ये विशारद होते हैं डॉक्टरेट वगैरह कर लेते हैं तो आपने जो प्रश्न पूछा है जॉब से रिलेटेड तो सरकारी सेवा में जाने का आपके पूर्ण योग है क्योंकि आपके जो लग्नेश और कर्मेश बनते हैं बुद्ध है और सूर्य बुद्ध का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है आपके सेकेंडवाड़ी के घर में आप जब बोलती हैं तो बड़ा प्रभावशाली जो है आप स्पीच देती हैं प्रयास करिए सरकारी नौकरी की और आपने पूछा सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी तो देखिए अभी आपकी शनि की दशा चल रही है और सरकारी नौकरी आपको लगभग ये मान के चलिए कि 2022 के करीब सरकारी नौकरी का योग दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर कोशिश कीजिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का आप डेली पाठ करिए और अगर डेली नहीं कर सकती तो बुधवार और बृहस्पतवार ये दो दिन आपको बृहस्पत जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना रहेगा दूसरा पूर्णिमा का आपको व्रत रखना है फुल मून का आपको उपवास रखना है और आपकी आगे की लाइफ कैसी रहेगी तो लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी काफी कुछ आप गेन करेंगे अपने जीवन में और भी अगर आपको बहुत कुछ जानना है तो आप अपनी कुंडली का प्लीज विश्लेषण करवा सकते हैं सीमित समय अवधि राशिफल के प्रोग्राम में मिलती है तो हम अपनी बात को यही विराम देते हैं और हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है सिंह राशि लेकिन जो दूसरे भाग्यशाली विजेता है ये अभी बचे हुए हैं इसी प्रोग्राम में उनके भी नाम की घोषणा करेंगे सिंह राशि के जातकों आज आपका दिन घूमने फिरने में बीत सकता है आज आप परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं सिंह राशि के जातक हैं व्यापारी वर्ग हैं तो आज अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है आज आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत होगा आज आपकी दिनचर्या में कुछ बदलाव आप ला सकते हैं आज आपका पूरा ध्यान अपने कैरियर को जो है फोकस करके आगे होगा किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आज आपको काफी अच्छा महसूस होगा पारिवारिक रिश्ते आज आपके मजबूत होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको कोशिश ये करनी है नारायण कवच का आपको पाठ करना रहेगा और दूसरा गायत्री मंत्र का 21 बार जरूर जाप करके घर से निकलिए। शुभ शुभ कलर आपके लिए आपके लिए लिए रहेगा रहेगा रहेगा। रेड और अंक कन्या कन्या राशि, राशि तो के आज आज आपका दिन बेहतर आपको अचानक धनलाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपके कई योजनाएं समय से पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रही है आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा कार्य क्षेत्र में आज आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी अपनी ऊर्जा से आज आप बहुत कुछ हासिल करते हुए दिखाई पड़ रहे आज आपके जो है मन मुताबिक जो है आज आपकी कोई विश पूरी होगी आर्थिक मामलों के लिए आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा आज भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप कोई नया ठोस कदम उठाएंगे और आज सफलता आपके कदम चूमेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो एक नारियल लेना है और भगवान विष्णु जी के मंदिर में या नारायण भगवान के लक्ष्मी जो है लक्ष्मी जी के और विष्णु भगवान के मंदिर में जा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का इक्कीस बार आपको उच्चारण करना रहेगा और अर्पण करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा झरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ लिब्रा जी हां तुला राशि फटाफट देखिए आप लोग लाइक करिए तुला राशि के जात को आज आप पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा जिसकी वजह से आज, आज आप थकान महसूस करेंगे किसी काम में आज, आज आपके अनुभवी व्यक्ति की राय आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को लेकर आज आप ज्यादा ही इमोशनल हो सकते हैं भावुक हो सकते हैं कारोबार में आज, आज आपको फायदा हो सकता है आज आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल बना करके रखना चाहिए सोचे हुए काम आज आपके समय से पूरे होंगे किसी काम के लिए माता पिता से ली गई सलाह आज आपके लिए बेहतर साबित होगी आज आपकी समस्या का निराकरण आपको प्राप्त होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन दुर्गा सती के सिद्ध कुंज का स्त्रोत का आप लोग पाठ कीजिए दुर्गा जी के बत्तीस नामों का पाठ आपको सभी मुसीबतों से बाहर निकालेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के आज आपका दिन रहेगा, रहेगा। शाम तक कोई समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बन सकता है सोसाइटी के लोग आज आपसे बड़े इंप्रेस रहेंगे खासकर के जो विवाहित लोग हैं इनके लिए आज का दिन काफी अच्छा बीतेगा नए व्यक्ति से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं आज आपके काम से जीवन साथी प्रसन्न हो सकते हैं ऑफिस में आज आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है आज आप सारी चीजों को बेहतर तरीके से जो है संभालते हुए नजर आएंगे आपको किसी लेन देन से आज फायदा हो सकता है घर परिवार का माहौल खुशियों से भरा रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आपको केसर का सेवन करना रहेगा खीर इत्यादि बना करके आप लोग खा सकते हैं केसर वाली और शिव जी को जल में एक चुटकी हल्दी डालिए और ओम नम शिवाय मंत्र से अभिषेक कराइए दिन आपका शुभ होगा सी तेजियल धनुराशि इसी के बाद हम अपने जो दूसरे भाग्यशाली विजेता हैं इनके नाम की घोषणा करेंगे तो धनु राशि के जात को आज आपका दिन शानदार रहेगा ऑफिस में काम को पूरा करने में आज पूरी तरीके से आप सक्षम रहेंगे खास करके जो लोग लॉ सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आज का दिन किसी से सीखने को मिलेगा आज किसी सीनियर वकील के साथ इंटरशिप करने का भी आपको मौका मिलेगा करियर में आज आप नए आयाम स्थापित करेंगे यदि कोई आपका एग्जाम है तो उम्मीद से बहुत अच्छा बीतेगा और एक बात बताएं दर्शकों यदि कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है कोर्ट संबंधी मामले इसमें आज आपको विजय मिलेगी इसके साथ साथ आज आपके सभी काम सफल होंगे धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग गाय को चने की दाल और छे केले जरूर खिलाइए दिन आपका शुभ रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन तो हमारे जो अगले भाग्यशाली विजेता हैं उनके भी नाम की अब हम घोषणा करे दे रहे हैं तो नीरज वेदी जी यदि आप हमें सुन रहे हैं तो वो भाग्यशाली विजेता आप ही हैं। नीरज वेदी जी ने कमेंट किया है और इनका जो प्रश्न है इन्होंने जो पूछा है कि इनको सरकारी नौकरी और शादी में इनके जो रुकावट आ रही है कब तक दूर होगी इनकी डेट ऑफ बर्थ है सोलह एक उन्नीस जन्म स्थान है शाम को छह गुरदासपुर का इनका जन्म है तो नीरज जी आपके दिए हुए जो है जो आपने कमेंट में अपनी जानकारी दी है डिटेल्स दी है उसके अनुसार आपकी जो कुंडली बन रही है कर्क लग्न की आपकी कुंडली है और आपकी नेष राशि है एरिस है लग्न जो है लग्नेश आपके जो चंद्रमा है मंगल का अद्भुत महालक्ष्मी योग आपकी कुंडली में टेंथ हाउस में बना हुआ है दूसरा कुलदीपक योग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो सरकारी क्षेत्र में यदि आप प्रयास करते हैं तो किसी उच्च प्रशासनिक पद तक आप जा सकते हैं दूसरा आपने क्वेश्चन किया है कि मैरिज लाइफ तो देखिए यहाँ पर जो मैरिज से संबंधित प्लेनेट बनते हैं वो बनते हैं शनि और अपने से छठे आ गए और शादी में इन्होंने जो है विलंब करा दिया ऑलरेडी विलंब करा दिया आपकी वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है और शादी का जो आपका प्रश्न है शादी आपकी 2020 में होगी नवंबर के पहले पहले, पहले आपका विवाह होगा उपाय पर आ जाते हैं उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो सूर्य को नित्य आपको अर्घ देना रहेगा सूर्यदेव को यदि आप अर्घ देते हैं आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाएगी अपनी जन्मकुंडली का आप विश्लेषण हम तो कह रहे हैं जरूर करवाइए हमसे करवाइए किसी और से करवाइए लेकिन जरूर करवाइए तो जो है आपको सूर्य देव को अर्घ देना रहेगा दूसरा आपको उपाय क्या करना रहेगा कि कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन जो साबुत जो है उड़द होती है काली उड़द इसका आपको जो है क्या कहते हैं दान करना है कितने शनिवार करना है तो सात शनिवार आपको करना रहेगा जल्द ही ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी बढ़ते हैं अब हम अपनी अगली राशि पर और नीरज जी प्लीज आप लाइक तो कर दीजिए इस वीडियो को मकर राशि के जातकों आज आपके जीवन में नया बदलाव हो सकता है अगर आज आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज आपको तरक्की के कई नए रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मकर राशि के जातक हैं बृहस्पतिवार दिन स्टूडेंट्स के लिए काफी फेवरेबल रहने वाला है आज आपको किसी समस्याओं को सुलझाने का तुरंत रास्ता मिलेगा आज आपको अपने सीनियर्स का भी सहयोग प्राप्त होगा आज आप अपने सभी कामों में बहुत हद तक सफल होंगे जीवन साथी आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे ए, उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो देखिए आज आपको देसी घी का दीपक जलाना रहेगा तुलसी जी के समीप और तुलसी माता पर आज आपको जल में थोड़ा सा आप दूध डाल लीजिएगा कच्चा और अर्पण करें सब कुछ अच्छा होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज और शुभ अंग आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार एक्वायर्स कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जात को आज खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे आज आपका दिन खुशनुमा बीतेगा आज आपके काम समय से पूरे होंगे साथ ही आज आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा किसी नए कॉन्ट्रैक्ट से आज, आज आपको फायदा होगा आज कुछ लोगों की आपको उदारता पसंद आएगी ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे खास करके कुंभ राशि के हैं छात्र हैं तो इनको कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी किसी एग्जाम में जो है या किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं तो इसमें सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आज आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा बिजनेस में बहुत ज़्यादा आज, आज आप सफल होते हुए दिखाई पड़ेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो किसी ब्राह्मण को यज्ञोपवीत और अंग का आप लोग दान करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाए मंत्र की एक करिए आपके सभी काम बनेंगे शुभ कलर बगल में बना बेल आईकन जरूर दबाइए और हमारे इस को यदि आप भी चाहते हैं उन दो भाग्यशाली विजेताओं में आपका भी नाम हो तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए वीडियो लाइक करने के बाद अपना नाम डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस और आपके प्रश्न क्या हैं नेक्स्ट डे के राशिफल में पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपके प्रश्नों को हम शामिल करें मीन राशि के जातकों आज आपका दिन मिला जुला रहेगा आज आप किसी पारिवारिक समारोह में जा सकते हैं किसी मांगलिक कार्य आज आपके घर में आयोजित हो सकता है आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा सीनियर्स आज आपके किसी काम से खुश हो सकते हैं आज आपकी सेहत में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है सेहत के मामले में आज सावधान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं नौकरी के क्षेत्र में आज, आज आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा जीवन साथी के साथ घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं स्वास्थ्य कुछ आपका डाउन रहेगा इसको लेकर के आनाकानी मत करिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए शिवलिंग पर आज आप लोग दूध से अभिषेक कराइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पांच तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय